नमस्कार कोविड के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं पब्लिक में पैनिक का भी माहौल है हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबिलिटी का भी लोगों में असमंजस है तो ग्राउंड लेवल पे क्या इश्यूज हैं क्या डिफ़िकल्टीज हैं क्या फैक्ट्स हैं इसके बारे में आपको जागरूक कराना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि कंडीशन जो है गंभीर है इस वक्त लेकिन मैनेजेबल है मतलब सीरियस कंडीशन है लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है अब इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है कोविड के केसेस हालांकि ज्यादा बढ़ रहे हैं लेकिन जो वजह का जो पैनिक क्रिएट हो रहा है उसके बारे में आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है सबसे पहले किस तरह के मरीजों को हॉस्पिटल में जाना चाहिए जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं अगर वो कोविड पॉजिटिव है उनको कोई सिम्टम नहीं है तो उसको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है उसको घर पे ही होम आइसोलेशन की जरूरत है होम आइसोलेशन करके वो टेली कंसल्टेसन के थ्रू डॉक्टर से संपर्क में रह सकता है उसके बाद आते हैं सिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो तो सिमटोमेटिक पेशेंट्स है जिसको बुखार है खासी जुकाम है बॉडी में दर्द है या कहीं पर रैश है लूज़ मोशन है इस तरह की चीज़ें हैं तो उसको सिमटोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसको मेन चीज़ है कि उसको पल्स ऑक्सीमीटर पे अपने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है उसको घर पे ही मैनेज करनी चाहिए चीजों को अगर उसकी सेचुएशन नाइन्टी से नाइनटी फोर के बीच में जाती है तो उसको डॉक्टर से इंटेंसिवली Contact में रहना चाहिए ज तो तो हो सकते हैं तो हॉस्पिटल के ऊपर जो वर्कलोड आता है वो काफी हद तक कम हो सकता है और इस तरह के पेशेंट्स को घर पे ही मैनेज किया जा सकता है उसके बाद जो नाइनटी से कम वाले पेशेंट है जैसे की लेकर नाइन्टी देशेंट्स हैं उनको नॉन आईसीयू वाले जो हॉस्पिटल है जिस पे आईसीयू फैसिलिटीज नहीं भी है लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन की फैसिलिटीज हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन या नॉन इनवेजी ऑक्सीजन के थ्रू उनको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दिया जा सकता है तो ऐसे हॉस्पिटल्स या फिर कोविड केयर सेंटर्स में उनको एडमिट करवाया जा सकता है उनको जरूरी नहीं है कि आई सी वाले सेटअप नहीं करवाए हाँ, अगर उनकी कंडीशन होती है अगर 85 से कम जाती है तो ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू के एब तो मतलब वाले जो पेशेंट्स है वो घर पर ही ट्रीटमेंट ले सकते हैं घर पर ही ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं लेकिन उनको डॉक्टर से कंसल्टेशन करते रहना पड़ेगा जो एटी फाइव से नाइन्टी वाले हैं वो जहाँ पे आईसीयू फैसिलिटीज नहीं भी हैं, ऐसे हॉस्पिटल है, वगैरह के साथ उनको इजीली मैनेज किया जा सकता है तो अगर इस तरह का सेग्रीगेशन अगर हमारे जो नागरिक हैं, वो लोग अपने लेवल पे ले लें और उसी के हिसाब से पेशेंट को मोबिलाईज किया जाए तो ये पैनिक का माहौल काफी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है और हॉस्पिटल के ऊपर जो वर्कलोड है जो कि हर एक शख्स चाहता है कि मैं हॉस्पिटल में जो आई वाले बेड्स हैं वहीं पे एडमिट हो वो काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है जो नीडी पेशेंट है उसको वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है तो दोबारा मैं यही कहना चाहूंगा कंडीशन जो है गंभीर है लेकिन अभी भी मैनेजेबल है जस्ट यू है पेशेंट्स आपको जो घर पे पेशेंट्स मैनेज हो रहे हैं डॉक्टर की कंसल्टेशन लेते रहें पैरासीटामोल टैबलेट फीवर आता है तो लेनी पड़ेगी आइवरमेक्टिन जैसे डॉक्टर एडवाइस करें जिंक सप्लीमेंट्स हैं विटामिन सी के सप्लीमेंट्स हैं इन सबको लेते रहें डाइट को प्रॉपरली फॉलो करें फ्रूट्स लें तो बेहतरीन से हम लोग इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं धन्यवाद